रुक तेरे को बताते तेरी तेरी आप भी आइए कृपया स्वागत कीजिए हमारी गोलियों की के बोझार करने में अच्छा तू मेरे पर ऐसे अटैक करेगा रुक तेरे को बताते है, तेरी माँ की आंख रुको जरा सबर करो साले तेरी खुशी को गम में बदलते हैं साले तेरी हिम्मत किसी में मारने की बेटा अभी तो स्टार्टिंग है है पॉइंट्स ऐसा मार तेरी ऐसी हो जाएगी ठीक चुप कर ले बहन पह सामने खा रहे हैं खाई अंदर करी फायरिंग रहे है अच्छा बेटा मुझसे बदला लेगा रुक तेरी बाप को कच्चा तो, साले पानी में आप का टीममेट तो चला गया टू दी रिस्पॉन्ड पॉइंट व बट आप उन भी विश्वास करो आप उन हैंडल कर ले करेल भाई एड किट तो लगा ले पहले लगाई है नहीं हेल्थ ज़्यादा है और कर ले और कॉन्फिडेंस अबे यार इधर तो लेने के देने पड़ गए लेकिन अभी इनको लेने के देने पड़ पाऊँगा कस मकान की और अपना रिवेंज को पूरा करूंगा रुख तेरे को बताते तेरी माँ की आँख अच्छा बेटा चल तेरी माँ की अभी वो वो रहा बंदा बंदा वन नंबर अब सही है अब किस किसको मार दिया अच्छा वो भी इसने किसकी हसी तसी करता हूँ अब यार किसने भेज दिया पागल साले भेज दिया अबे लेकिन मतलब मतलब तो ले कसम की, तो लेकर लेकर ही ही कसम की की मैच एंड होगा चल चल तेरी टीममेट यार बंती भी तो क्या बेटा क्या समझ में आया बाप बाप होता है बेटा बेटा आएगा फुर्सत में निकल